भाई प्रिजन के अंदर ही लग रहे हैं, आओ चलें। एनिमीज़ अहेड। भाई? कहा से पहला भाई? भाई से? वॉच आउट। नहीं दिख रहा। Awesome. वॉल हैक नहीं है तो हम लोग कवर भर सकते हैं भाई वो चालू कर सकता है ये वाला मैंने देखा है जो है।, देख है। इस बार फोन मारा है भाई यार मारा कहां से भाई का बोलो दिख नहीं रहा है कोई 完了是 आजा आजा को आजा गया आजा हम लोग बहुत सही कि जोन है। ज़ोन मर गया वाह भाई दो बंदे हैं मार्क शर्भ लोकेशन कावर अमेजोन में तो आएंगे भोसड़ी वाले कहाँ जाएंगे आ? शांत भाई जोन जोन जोन देखो मजा आएगी उद्य पक्का है वाह नंबर दो भाई जोन में I'm ahead. I went there. I went there. You are a little bit foolish. Two enemies, Shanbhai. Ah, yes, the front one is him. Where is Shanbhai? We are number 1